जय हिंद ये बाल विकास का भाग चार है जिन लोगों ने भाग एक दो तीन नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर पहले भाग एक दो तीन देख लें फिर भाग चार को देखें और ये जो बाल विकास की जो सीरीज चल रही है वो केवल केवल प्रैक्टिस सेट है इसको हल करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न निम्नलिखित में से रिक्त स्थान भरना है के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं ये सी टी दो हज़ार बारह में पूछा गया सवाल है ऑप्शन एक पौष्टिकता की गुणवत्ता बी संस्कृति सी शिक्षा की गुणवत्ता या फिर डी शारीरिक गठन तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शारीरिक गठन प्रश्न नंबर इक्कीस रिक्त स्थान जन्मजात वैक्तिक गुणों का योगफल है ऑप्शन ए समानता निरंतरता सी वंशानुक्रम या फिर डी युत्साह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंसानुक्रम प्रश्न नंबर 22 तनाव और क्रोध की अवस्था है क्या है बताइए ये भी छत्तीसगढ़ टी टी दो हजार का पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए सहस्वावस्था ऑप्शन बी किशोरावस्था ऑप्शन सी बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन डी वृद्धावस्था इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था प्रश्न नंबर तेईस सामान्य पुरुष में एक्स वायु गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं रिक्त स्थान भरना है ऑप्शन ए है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं बी है एक्स वायुवायु गुणसूत्र होते हैं या फिर C ट्रिपल एक्स गुणसूत्र होते हैं या फिर D एक्स गुणसूत्र होते हैं इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं प्रश्न नंबर 24 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है किसने कहा है क्या कैलोसलिक ने कहा है पियाजे ने कहा है स्कीनर ने कहा है या फिर हरलाक ने कहा है इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कीनर स्कीनर ने कहा है विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है नंबर 25 शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कहते हैं क्या कहा जाता है ऑप्शन तत्परता बी अभिवृद्धि सी गतिशीलता या फिर डी आनुवांशिकता इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अभिवृद्धि ऑप्शन बी अभिवृद्धि नंबर छब्बीस निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ऑप्शन ए विकास लंबवत न होकर वर्तूलाकार होता है ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध होता है ऑप्शन सी विकास निरंतर होता है ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है प्रश्न नंबर 27 मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है सी 2011 का पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए है सहिशवावस्था बी किशोरावस्था सी बाल्यावस्था या फिर डी कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी किशोरावस्था प्रश्न नंबर अट्ठाईस सहस्वावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने बी ने सी वाटसन ने या फिर डी वैलेंटाइन ने इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वैलेंटाइन ने प्रश्न नंबर उन्तीस जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है किशोरावस्था को बाल्यावस्था को प्रणावस्था को या फिर सहस्वावस्था को इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल्यावस्था को प्रश्न नंबर तीस बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है सी 2011 में पूछा हुआ सवाल ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है प्रश्न नंबर 31। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा संबंध होना चाहिए ऑप्शन ए स्नेह का होना चाहिए या फिर विश्वास का होना चाहिए या सी सम्मान का होना चाहिए या फिर डी सभी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न नंबर 32 विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त भी होता है ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है ऑप्शन डी विकास पृथक होता है बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है प्रश्न नंबर शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए सी टी टी दो हजार ग्यारह में पूछा गया सवाल है ऑप्शन ए अध्यापन का विषय बी बाल मनोविज्ञान का सी शिक्षा संहिता का डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का प्रश्न नंबर चौंतीस सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्र, शिक्षक प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न ऑप्शन बी विषय वस्तु आधारित प्रश्न ऑप्शन सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर ऑप्शन डी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न प्रश्न नंबर पैंतीस का केंद्र बिंदु है इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में हम इस प्रश्न का आंसर देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद